लड्डू लड्डू कह कू पलका लाडू लाडू कह बिठा कर में, और मेरे दिल में बस तेरा सजा मिली है जो तेरे हाथों धोखा खाया चल कोई नी पछले जन्म की सजा मिली है जो तेरे हाथों धोखा खाया पर याद राखी चंगाड़ मार कर रोगा जिस दिन मेरा मौका आया और तरोड़ी आ खेल का मेरे कमेरे जजबात गेली है तेरी जात के है त्रोड़ी आले खेल कमेरे जजबात गेली तेन तो पूछा है तेरी जात के है प्यार का नहीं जिसम का भूखा था तू मन अभी बेरा पाट गया तेरी औकात के है